राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंची जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया इस दौरान राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा उन्होंने गरीब मजदूरों किसानों युवाओं और छोटे दुकानदार को असली तपस्वी बताया उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इन तपस्वियों के लिए कुछ नहीं करती लेकिन एक दो लोग जो मोदी जी की पूजा करते हैं उन्हें सब मिल जाता है इस मौके पर राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बच्चों के साथ डांस करते नजर आए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन पहुंची मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जैन संत से मुलाकात की राहुल गांधी ने बाबा महाकाल का रुद्राभिषेक किया उन्होंने भगवान शिव को दंडवत प्रणाम कर पूजा अर्चना की उन्होंने मंदिर के गब्रगह के सामने दंडवत प्रणाम किया वह मंदिर परिसर में नंदी की मूर्ति के पास भी कुछ देर तक बैठे रहे धोती पहने चादर डाले राहुल गांधी ने मंदिर के पुजारियों के मार्गदर्शन में सभी अनुष्ठान किए मंदिर के पुजारियों ने उन्हें एक अंग भेंट किया मंदिर में पूजा अर्चना के बाद राहुल गांधी ने श्रद्धालुओं का हाथ जोड़कर अभिवादन किया वही भारत जोड़ो यात्रा का उज्जैन के रास्ते में मयंक जाट ढाबे पर टी ब्रेक हुआ यहाँ टी ब्रेक के दौरान बच्चों के साथ राहुल कमलनाथ और दिग्विजय सिंह झूमते नाचते गाते नजर आए कलरंदा oh <laughs> इस मौके पर राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया पूजा की जाती है उनका आदर किया जाता है राहुल ने गरीब मजदूरों किसानों युवाओं और छोटे दुकानदारों को अस्थित तपस्वी बताया उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इन तपस्वियों के लिए कुछ नहीं करती लेकिन एक दो लोग जो मोदी जी की पूजा करते हैं उन्हें सब मिल जाता है उन्होंने कहा बीजेपी के लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और फिर जो इस देश में तपस्या करते हैं उन्हें खत्म करते हैं भगवान का अपमान करते हैं किसान में भगवान है मजदूर में भगवान है छोटे दुकानदार में भगवान है देश के इन असली तपस्या का अपमान हो रहा है इस मौके पर उन्होंने जी नोटबंदी को लेकर एक बार फिर सरकार की आलोचना की और जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहा है उसको सारा दे देती दो लोग नरेंद्र मोदी जी की पूजा करते हैं दिन भर और उनको जो भी चाहिए मिल जाता है रेलवे पोर्ट एयरपोर्ट ये देखो भैया ड्रोन उड़ रहा है ये भी ले जाएंगे उठा के सड़कें, बिजली पानी सब कुछ दो लोग पांच लोग प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं और हिंदुस्तान का पूरा धन उनके हाल कर दिया जाता है और करोड़ों लोग करोड़ों लोग सुबह उठते हैं किसान चार बजे उठता है हाथ फट जाते हैं खून निकलता है मैं मैं 2000 किलोमीटर चल रहा हूं मैं आपको बताता हूं भैया हाथ मिलाना ये देखो हाथ मिलाया ये किसान नहीं है ये किसान नहीं है क्योंकि किसान के हाथ फटे होते हैं उसका दर्द उसके हाथों में होता है उसकी तपस्या के निशान उसके हाथों में होती है और इन सड़कों पे इन सड़कों पे हजारों किसानों से मैंने हाथ मिलाया और हर एक किसान मुझसे यह पूछ रहा है घूम फिर कर यह पूछ रहा है राहुल जी इस देश में हम तपस्या करते हैं इस तपस्या का हमें फल क्यों नहीं मिलता वो खबरें